महर विधायक नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर गुजरात की तर्ज पर सत्ता और संगठन में परिवर्तन किए जाने की मांग उठाई है ने कहा कि आज जनता में जिस तरह का उमदा प्रदर्शन कर सत्ता में काबिज हुई है वह परिवर्तन की ही देन है महर विधायक नारायण त्रिपाठी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है उन्होंने पत्र में गुजरात की तरह ही सत्ता और संगठन में बदलाव की बात कही है त्रिपाठी ने कहा मध्य प्रदेश में चुनाव के पूर्व सत्ता और संगठन में परिवर्तन कर बीजेपी बड़ी जीत के साथ एक बार फिर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो सकती है उन्होंने कहा आम कार्यकर्ता को महत्व दिया जाना आवश्यक है हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता जो हमेशा से पार्टी के हितों के लिए चिंतन करते हैं ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जानी चाहिए और एक बड़ा फेर बदलकर एक नए युग की शुरुआत किए जाने की आवश्यकता है जिससे मध्य प्रदेश भी